जय हिंद तो आज के इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं समतापी जीव व विषम तापी जीव समतापी जीव व विषम तापी जीव में अंतर क्या होता है उनमें विविधताएँ क्या होती हैं तथा उनमें भोजन किस प्रकार का होता है और वे किस प्रकार के आवास में रहना पसंद करते हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे तो गाइज हम लोगों का इसमें पहला टॉपिक है वह है समतापी जीव जिसे बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब उष्ण रक्त जीव उष्ण रक्त जीव मतलब वे जीव जो गर्म स्थानों पर आसानी से रह सकते हैं या वे जीव जो गर्म वातावरण को पसंद करते हैं उसे हम लोग उष्ण रक्तिय जीव कहते हैं अब गाइज यहाँ पे है सम सम मतलब समान वो गणित वाला सम नहीं है कि समसंख्या भी सम संख्या यहाँ पर सम का मतलब है समान और तापी मतलब ताप तो मतलब समान ताप तो ऐसे जीव जो समान ताप पर रहते हैं उनका निश्चित होता है उसे हम लोग समतापी जीव कहते हैं क्योंकि गाइज जैसे मान लीजिए हम लोग समतापी जीव हैं जैसे ठंडी का मौसम है प्रचंड ठंडी पड़ रही है भले भी भले ही हम लोग नहा ले भले ही हमारे बाहर से जो है हमारा जो बाहरी आवर जो हमारा त्वचा है एकदम ठंडा पड़ जाए लेकिन जो हमारे शरीर का तापमान है उसका जो हमारे शरीर का तापमान होता है वह होता है 37 से डिग्री सेल्सियस अगर फारेनहाइट तो में ले फारे तो अट्ठानबे फारेनहाइट। तो गाइज यहाँ पर जो आ, हमारे शरीर का तापमान 37 से डिग्री सेल्सियस होता है या इससे एक डिग्री सेल्सियस भी कम नहीं होगा क्यों कम नहीं होगा क्योंकि हम लोग समतापी जीव है समतापी जीव में वे एक समान ताप पर रहते हैं जो समतापी जीव होते हैं समान ताप पर रहना पसंद करते हैं इसलिए उनका तापमान कम नहीं होता है तो गाइज इसका एग्जांपल होता है अस्तनधारी अस्तनधारी जीव में जैसे मानव मानव में नर व मादा दोनों आते हैं जो नर होते हैं उनमें भी अस्तन पाया जाता है जो मादा होती है उनमें भी अस्तन पाया जाता है सिर्फ फर्क इतना है कि जो मादा होती हैं उनमें अस्तन ग्रंथियाँ होती हैं जिसके कारण उनमें दुग्ध का निर्माण होता है और जो मानव जो नर होता है उसमें अस्तन पाया जाता है लेकिन अस्तन ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं तो गाइज आप लोग जान गए अस्तनधारी जीव में मानव जाति मानव जाति में नर व मादा दोनों आते हैं इसके बाद है गाइज पक्षी पक्षी भी गाय जो होते हैं ये भी समतापी जीव में आते हैं जो पक्षी के पंख होते हैं वे उड़ने के लिए तो काम आते हैं साथ साथ वे उष्मा को नियंत्रित करने के काम में भी आते हैं वे उष्मा को नियंत्रित करते हैं अगर कभी भी आप किसी पक्षी जैसे मुर्गे या मुर्गी ले लीजिए अगर आप लोग कभी उसके पंख को फैलाकर, अगर उसके अंदर को टच करें या उसे स्पर्श करें तो आप लोग देखिएगा वहाँ पर तापमान होता है वहाँ का ताप अधिक होता है क्यों अधिक होता है क्योंकि वे ताप को नियंत्रित करते हैं उड़ने के साथ साथ उस्मा को नियंत्रित करते हैं तो गाय जी होता है समतापी जीव समतापी जीव का एग्जांपल व पक्षी अब आइए हम लोग जानते हैं बिषमतापी जीव वार्म ब्लडेड एनिमल वार कोल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल कोल्ड ब्ल कोल्ड ब्लडेड एनिमल को बोलते हैं शीत रक्ति जीव शीत रक्ति जीव वे जीव जो ठंडे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं तथा और गाइस इसमें जो होता है इसमें जो बाहरी वातावरण होता है समतापी जीव में यह जीव के रक्त पर उसके खून पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है लेकिन जो विषम तापी जीव होते हैं इनमें जो बाहरी वातावरण होता है यह सीधे इनके आंतरिक भाग में उपस्थित ब्लड को प्रभावित करता है इनके आंतरिक भाग में उपस्थित कोशिकाओं को प्रभावित करता है।, होता है इसमें अंतर? इसे हम लोग मतलब वो गणित वाला विषम विषम नहीं, बिशम मतलब मतलब भिन्न और तापी मतलब ताप भिन्न भिन्न ताप पर रहने वाले जीवों को हम लोग विषम तापी जीव कहते हैं और इसे हम लोग शीत रखती है जीव अर्थात ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीव के नाम से भी जानते हैं और गाइस ये जो होते हैं ये जो ये कम भोजन खाने वाले होते हैं जो विषम तापी जी होते हैं ये भोजन को कम खाते हैं जो सम तापी जी होते हैं ये भोजन को अत्यधिक मात्रा में खाते हैं और गाइस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कीट कीट में गाइस जैसे रेगने वाले शरीर शरीर में हो गया सांप और उभचर उभयचर में मेढक जब मेढक जल में रहता है तो उसके शरीर का तापमान कुछ और होता है जब वह कीचड़ में होता है या जमीन में धंसा होता है तब उसका तापमान कुछ और होता है और जब वह थल पर होता है या अस्थल पर होता है तब जो उसके शरीर का तापमान होता है वह कुछ और होता है और गाइस इसमें जो होता है कम भोजन खाने वाले जीव आते हैं इसमें अत्यधिक भोजन खाने वाले जीव आते हैं ये सदा इनके शरीर का तापमान एकदम नियंत्रित होता है इनके शरीर का तापमान बदलता रहता है तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत